हेलो दोस्तों कैसे हो अच्छे होंगे खुश होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे उम्मीद है और जैसा कि आप काफ़ी दिन हो गए होंगे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते करते और मैंने आज आपके लिए एक वीडियो बनाई है बहुत शानदार ये वीडियो है कि फेस ग्लो कैसे करें और चेहरे को कैसे चमकाएं कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है चेहरे पर चमक सभी की आ सकती है और जे ज़्यादा दिन लगेंगे इसे एक से दो महीने में चेहरे पर चमक आ सकती है और ब्रह्मचर्य पालन करो तो जब भी चेहरे पर चमक आएगी और जब भी आपका अच्छा सभी काम होगा इसलिए आप अगर चेहरे पर चमक पाना चाहते हो तो मेरे भाई जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में और आपको ब्रह्मचर्य में चेहरे पर चमक कैसे आएगी देखिए इसके लिए एक नुकता है नुकता वैसा है कि व्यायाम आपको सुबह चार बजे उठ जाना है और आपको व्यायाम ज़रूर करना है देखिए व्यायाम तब तक करना है आपको जब तक आपके चेहरे पर चमक ना जाए और आपका चेहरा बिल्कुल पसीने से न भर जाए एक दिन में इसका रिज़ल्ट दिख जाएगा पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ जे रिजल्ट तभी दिखेगा तब आप अपने शरीर का गंदा पसीना बहाओगे जितना भी आप गंदा पसीना बहाओगे और अपने बीरियर रोक कर रखोगे मेरे भाई 100 परसेंट गारंटी लेता हूँ कि अगर आपका चेहरा ना चमके तो आप मुझे टेलीग्राम पर कमेंट करें और इस वीडियो में कमेंट करें देखिए मेरे भाई सभी के चेहरे पर चमका सकती है कोई सामान्य बात नहीं है कठिन बात नहीं है देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो पहली बात आपको आपको जो है सुबह चार साढ़े तीन बजे के बीच में उठ जाना है उठते ही आपको मलती आगना है और आप सोच जाएं जो कुछ करें उसके बाद सबसे पहले फिर आप भगवान का ध्यान धरें और आप ब्यायाम जरूर करें ब्यायाम करके आप डंड बैठ कर जरूर लगाएं इससे आपका जब तक पसीना ना निकल जाए आपको आराम नहीं लेना है जब तक आप पसीना ना निकल जाए आपका और बहुत से बच्चे आजकल और लड़के रेस मार रहे हैं आप रेस भी मार सकते हैं ठीक है रेस से भी आपको बहुत फ़ायदे होंगे अगर आप रेस मारते हो तो आपकी मुतरंद्री होती है हैं कि नब जाती है और आपका ना ही नाइट फेल होगा ना सुबह पन दोस्त इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे आपका चेहरा चमक मारेगा और आप खाने में देखिए घी खा सकते हैं और आपको मीट मछली नहीं खाने हैं गर्म चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मुझे ज्वाइन करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो दिन रात हस्त मत करता है और आप इस वीडियो को अपने देख अपना सब इस्तेमाल यूज करें और ब्रह्मचर्य में पालन जरूर करें और आपको रिजल्ट इसके तीस दिन में देखने शुरू हो जाएंगे और आपको